तो आप जो भी फॉल्ट वीडियो बनाइए उसके डिस्क्रिप्शन में आप इफ ऐप्स का लिंक डाल दीजिए इससे जब भी कोई बंदा के वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेगा तो आपको उसका 10 परसेंट कमीशन आपके इफ ऐप में मिलता रहेगा एंड आप डेली का यहाँ पर बीस से पच्चीस रुपये कमा सकते हैं इससे आप छः सौ पर मंथ कमा सकते हैं आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उन ऐप्सों का लिंक डाल दीजिए बता दीजिए कि मैं इससे अर्निंग करता हूँ तो लोग उसको डाउनलोड करेंगे एंड आप और भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते तो यार गाज अगर आपके चैनल पर 1000 हज़ार सब्सक्राइबर्स नहीं कंप्लीट हुए एंड आप फर्स्ट वीडियो बनाते तो अगर 10 मिलियन व्यूज़ नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं तो यार कोई बात नहीं फिर भी आप अर्निंग कर सकते हो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना तो यार गाय पहला काम आपको ये करना है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐप्सों के लिंक दे दूँगा आप उन्हें डाउनलोड कर लेना एंड आप अपने जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उनमें जो लिंक होगा आप उस अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना एंड उनमें बता देना कि मैं इन सब को यूज़ करता हूँ अर्निंग के लिए तो यार आपका वीडियो जो भी देखेगा अगर आप उन्हें बताए रहेंगे कि मैं इन का यूज़ करता हूँ अर्निंग के लिए तो हो सकता है उसे भी अर्निंग की ज़रूरत हो एंड जाकर उस को डाउनलोड करें एंड आप अच्छा खाना अच्छा खाबा पैसा अर्निंग कर सकते हैं बट यार मज़े की बात यह है कि मैं आपको जो वीडियो का जो आपको लिंक देना जिन ऐप्स को बारे में आपको बताने वाला हूँ उन ऐप्सों आप एक रेफरल का आप कम से कम बीस कमा सकते हैं तो यार अगर आप डेली का एक दो ऐप डाउनलोड करवा देते हैं तो आप महीने का अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो